जी तो यानी फाइनली तो हम लाइव आ गए हैं और आप लोग तेजी से लाइव में जुड़ने का कोशिश करेंगे और जितने सारे बच्चे जुड़ गए हैं आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी आप लोग शेयर कर देंगे और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तेजी से आप लोग जुड़ने का कोशिश कीजिएगा तो स्ट्रेंड आज के क्लास में हम लोग जो है हिस्ट्री मतलब इंग्लिश के ऐसे वायरल क्वेश्चन को हम यानी कवर करेंगे जो आपको बता दें कि यहां से आपको सभी जो एनसीआर टी क्वेश्चन जो यानी पूछे गए हैं पिछले कई साल जो है कई ईयर में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए उन क्वेश्चन को आज के क्लास में यानी हम लोग कवर करने वाले हैं तो प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग तेजी से लाइव क्लास में आप जुड़ने का कोशिश करेंगे काफी मजा आएगा आज के क्लास में

बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए और काफी बच्चे का डिमांड था किसान कि तो कि नहीं ले रहे हैं तो सब लोग जितने सारे बच्चे आप लोगों का डिमांड था तो आप लोग का मैं डिमांड पूरा किया हूँ ठीक है तो आपसे मेरी एक छोटी सी डिमांड है कि आप लोग सभी बच्चों के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे अगर आप लोग अच्छे खासे बच्चे जुड़ जाते हैं इंग्लिश में तो फिर हम नेक्स्ट क्लास आप लोगों का इंग्लिश तो लो का ही लेंगे

बहुत ही अच्छे से ठीक है तो सब सब करेंगे बताएंगे ठंडी कैसी जुड़ चुके हैं आप लोग मजा आ गया सर आज का क्लास में मजा आएगा चलो अब अब अब अब अब यार स्टार्टि नहीं किया तो मजा कैसे आया आपको अच्छा अच्छा अच्छा क्या बात है आप डिमांड पड़ा इसलिए चलो हाँ वेरी गुड चले इरर निहू कुशी कुमारी मुजस्सम हुकी कुमारी निखु कभी पटेल चले

अहमद रजा सलोनी कुमारी मैन आर्यन राज बिहारी राणा चले सुषमा कुमारी चले पूर्णिमा वेरी गुड खुशी सोफिया संदीप वेरी गुड भोजपुरी राजू चले निशा कुमारी तो चलिए आप सब बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार आप लोग जो है अपने अपने फ्रेंड्स के साथ यानी शेयर कर देंगे ठीक है नहीं ठंड लग रहा है क्या बात है अलॉन्ग जी क्या बात है ज्यादा ही मतलब आपके इधर नहीं है ठंडी बहुत ठंडी है सर अच्छा अच्छा यार अपना बिहार से तो यार सब जगह तो उतना ही होगा ना हाँ कहीं कहीं हो सकता है ठीक है

चलो गया साइड में तो बहुत कमी होगा गया पटना के साइड में भी चलो हाँ बताया हम लोग उत्तरी बिहार में इसलिए हम लोग को ठंडी ज्यादा लग रही है चलिए तो सब बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चले एक छोटा सा मोटिवेशनल क्विट के साथ वही मोटिवेशनल आपको जो हर रोज करते हैं कि संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं खाक मजा है जीने में

संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं खा खे मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे उसी में अपने अंदर आग लगा लो एकदम पूरा चलिए गाइस, तो इसी के साथ हम लोग क्लास का आगाज करते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे क्या कहलाता है यानी ट्रेजर तो आपको चूज द आपको आगे आगे आपको बताना है तो यहाँ कौन सा लगेगा वाज लगेगा वेर लगेगा कैन लगेगा या विल लगेंगे हाँ वाज वॉन्टेड होगा या आपका वेर वॉन्टेड या कैन

Wanted या आपका, will wanted. तो देखिए आपको यहाँ से तीन से चार सेकंड का हम समय दे रहे हैं और तीन से चार सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है तो देखिए यहाँ आपका एनर्जी उठा लगेगा वाज लगेगा क्या हो जाएगा आप सब बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है वाज जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर वाजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं और फटाफट आप लोग आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा वाह वाजी चलिए बहुत ही बढ़िया क्या बात है हाँ चलिए

तो बिल्कुल सब बच्चों को एकदम हाँ बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बहुत ही बढ़िया क्या बात है एकदम नेक्स्ट लेवल का सभी का आंसर आ रहा है ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे सी इज डेस डेस मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ड है आपको चूज द आपको करेक्ट आर्टिकल बताना है कौन सा आर्टिकल यूज होगा एन लगेगा ए लगेगा द लगेंगे नो आर्टिकल आपको तीन सेकंड का समय मिला है तेजी से आंसर देंगे इज डेस डेस मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्ड तो देखिए यहाँ आपको क्या लगेगा मोस्ट यानी आपका ब्यूटीफुल ये जो है हमेशा आपको आता है दय लगता है इसके साथ

तो बिल्कुल आपको क्या लगेगा बिल्कुल इसका आंसर दे हो जाएगा सी लगेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दया ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन एट डेज डेज ड्रॉइंग दे, द रेनी चलिए बताएंगे इसका चूज दे आपको बेस्ट भर्ब आपका कौन सा भर्ब लगेगा आपको बताना है रैन लगेंगे रैस लगेंगे आपका यानी

see, see, shocked, because. तो है कौन सा लगेगा जल्दी बताएंगे तीन नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है सो so, डेफिनेटली आप सब बच्चों को uh, लगेंगे। क्या लगेंगे यानी आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जो ही बच्चे आप लोग बी बता रहे बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर देखेगा सी डेस डेस आ ट्रेवल एक्सीडेंट आपको चूज दे आपको वेस्ट भर्व बताना है चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा चलिए शीज लगेंगे या आपको लगेंगे यार

का। आंसर, has seen, जो भी आप बता C, आपका क्या लगेगा आपका एट लगेंगे इन लगेंगे ऑफ लगेगा या आपका अब आउट लगेंगे

तो मेरे जल्दी बताइए क्या लगेगा चले तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा बहुत ही बढ़िया क्या बात है है नेक्स्ट लेवल का का सभी बच्चों आंसर आंसर आ रहा लाजवाब तो यहां बता, रहे सर, about, about right बता रहे हैं सर अबाउट अबाउट अबाउट लगेंगे बिल्कुल आप सब का आंसर about, right हो आपके स्क्रीन पर नोवल चुज देश मार्शा इज रीडिंग

रीड बाय मार्शा यानी आर नोवेल इज बिंग रीड बाय आर नोवेल मस्ट रीड बाय मार्शा तो बताइए इसका जो होगा यानी क्या होगा बनाना है लाजवाब आंसर। बहुत ही बढ़िया। सब बच्चा बता रहे सर यानी आर नोवल इज बिंग लगेंगे यहाँ सर यानी बिंग रीड बाय मार्शा यानी जो भी बच्चे आप लोग यानी बिंग ब, जो ये बता रहे हैं ये बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे क्या बात है सब बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है क्वेश्चन सिक्स सेवन नंबर क्वेश्चन देखेगा

चूज द आपको करेक्ट आपको सेंटेंस बताना इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है चलिए बताइए तो इसका जो है कौन सा है sentence, आपको करेक्ट सेंटेंस बताना इसका तो चलिए इसमें जो होगा आपका एनी, क्या होगा आई विश आ वेर यंग अगेन यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जो भी बच्चे बता रहे चलिए क्वेश्चन नंबर आठ देखेगा रुस्तुज चलिए बताएंगे चूज द आपको करेक्ट आर्टिकल बताना है

चलिए चले चले हाँ रुस्तम वाज डेज डेज यंग ये, पारसी आपको बताना चूज डे आपको करेक्ट आपको आर्टिकल बताना है एट नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली आप सब बच्चों का आंसर देखिए आप लोगों को समय दिया गया है तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा चलिए बहुत ही बढ़िया क्या बात है लाजवाब सब बच्चों का आंसर आ रहा है बहुत ही बढ़िया चले तो चलिए आपको समय दिया गया है जल्दी से आंसर देने का प्रयास किया बहुत ही बढ़िया यानी आप लोग बता रहे सर ऑप्शन सीओ का कुछ बच्चे ए बता रहा है चलिए ए लगेंगे यानी यहाँ

Was a young person, आपका ए लगेंगे बिल्कुल बताए बिल्कुल बताना है यानी तो है। गो लगेगा या वेंट लगेगा गोन लगेंगे तो बताइए नाइन नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा सो डेफिनेटली आपको बताओगेगा ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दस देखेगा पटना इज

बैंक ऑफ यानी गंगा तो यहाँ आपको को भरना लगेगा ऑन लगेगा ऑफ लगेगा टू लगेंगे चलिए द बैंक तो यहाँ आपका जो ऑन लगे सीधी बात है की ऑन लगेगा यहाँ आपका ऑप्शन आप लोगों का जो भी बच्चा ऑन लगा रहा है बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर है क्वेश्चन नंबर इलेवन देखेगा आई लव ट्रुथ एंड डेस डेस होनेस्टी

दे आपको करेक्ट आर्टिकल कौन सा लगेगा ए लगेगा एन लगेंगे द लगेगा नो आर्टिकल तो बताइए जल्दी बताएंगे आपको समय दिया गया है जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा ठीक है चलिए तीन से चार सेकंड का आपको समय मिलता है बहुत बढ़िया क्या बात है चलिए बहुत ही बढ़िया हां तो क्या लगेंगे इलेवन नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना बहुत ही बढ़िया क्या बात है नेक्स्ट लेवल का सभी बच्चों का आंसर आ रहा है

कोई आर्टिकल यहां यूज नहीं लगेंगे यानी इस आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बारह नंबर क्वेश्चन अमदाबाद इज दिस मैनचेस्टर ऑफ इंडिया यानी अहमदाबाद है किसका यानी इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है क्या यहां ए लगेगा यानी एन लगेंगे या द लगेंगे या नो लगेंगे तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल आपको पता है कि यानी मैंचेस्टर अहमदाबाद मैनचेस्टर यानी क्या फेमस है एक यानी क्या है ये यूनिक नाम है तो इसके साथ क्या लगता है बिल्कुल आपको पता है दगेंगे

तो यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका दया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन रशिया इज डेस ग्रेट कंट्री चूज़ आपको करेक्ट आर्टिकल यूज करना है ठीक है तो यहाँ क्या ए लगेगा एन लगेगा लगेंगे या नो आर्टिकल लगेगा थर्टी नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए रशिया इज ए ग्रेट यानी एक गया महान कंट्री है तो ए लगेगा जाहिर सी बात है तो बिल्कुल इसका आंसर आपका आंसर हो जाएंगे जो ही बच्चे आप लोग यानी बताए बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट हो जाएगा यहाँ ए लगेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके स्क्रीन पे फोर्टी नंबर क्वेश्चन द कैल्कटर

is the टेबल ठीक चलेटर चूज करीपोजिशन बताना ऑन लगेंगे, लगेंगे, लगेंगे, लगेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ क्या हो जाएंगे कन्फ्यूज होते अक्सर बच्चे तो क्या एट लगेगा कि on लगेगा यानी हम लोग बचपन से पता क्या ऑन द टेबल तो यार सब बच्चों को बता होगा ऑन द टेबल तो सब बच्चों को पाइग होगा फोर्टीन का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बनाना इसका

क्या होगा विनिगेगा लगेगा, या या तो, तो क्या लगेंगे जल्दी बताइएगा चले बहुत ही बढ़िया विथ मी लगेंगे क्या लगेंगे विथ मी तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बुक आई लाइक आपको करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन का आपको बनाना है कॉम्बिनेशन होगा क्या होगा आई कैन कीप द बुक आई लाइक

चलिए तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा बहुत ही बढ़िया क्या बात है तो देखिए बताएंगे like, like. तो इस, like. इसका आंसर right हो uh, क्या होगा चूज द आपको करेक्ट आपको क्या कॉम्बिनेशन बनाना इसका क्या लगेगा जल्दी बताएंगे सेवेंटी नंबर क्वेश्चन का चलिए तो इसका आंसर आप लोग

चलिए अभी आप लोग को बिल्कुल क्लियर आवाज पहुंच पा रही है कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया था जैसे कि आप लोग देख पा रहे थे हाँ तो जल्दी लिए आप लोग तेजी से आंसर देने का प्रयास करेंगे ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया क्या बात है जल्दी लिए आंसर देने का प्रयास किया थोड़ा सा नेटवर्क का मैं इशू आ गया था ठीक है

चले कोई दिक्कत नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है आप को कोई दिक्कत नहीं है अभी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए नेटवर्क की सुनी है अभी ठीक है आप लोग फटाफट आंसर बताएंगे ठीक है चलिए बताइए राजेश डेस हिज मदर टॉन्ग यू हेरी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल आप बताएंगे जल्दी फटाफट क्या बात है स्पीक बता रहे कुछ बच्चे बता रहे सर स्पीकिंग होगा स्पिक्स होंगे नन ऑफ देंगे चलिए जल्दी बताइए का आपका क्या हो जाएगा चलिए तो देखिए स्पिक्स यानी इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बहुत ही बढ़िया चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते नंबर नाइटी आपके स्क्रीन पर दिस डॉग डेज डेज वेरी लाउडली आपको चूज द आपको बेस्ट क्या है

स होंगे बाक होंगे आपका यानी बार्किंग होगा या नॉन ऑफ दो होंगे जल्दी बताएंगे चलिए जल्दी बताइएगा नाइनटी नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही बढ़िया क्या बात है तो यानी बाग्स लगेंगे यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके स्क्रीन पे चलिए ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन दिस लॉन्ग जर्नी ठीक है जल्दी बताइएगा चुजडे आपको बेस्ट यानी वर्म यूज करना वील लगेंगे शेल लगेंगे नीड आउट लगेंगे हेड बेटर लगेंगे तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा ट्वेंटी क्वेश्चन का

Very good, बहुत ही विल लगेंगे यानी बता रहा है civil, तो आपका जो है क्या हो right हो जाएगा यानी बिल्कुल जाएंगे चलिए और चलते हैं आपको correct sentence बताना है इसमें से जो है कौन सा तो होगा

चलिए बहुत ही बढ़िया नंबर क्वेश्चन का आप लोग काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है प्लीज हैव यानी यानी हिम लगेगा ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल राइट right आंसर हो जाएंगे चले नेक्स्ट लेवल का सही बच्चों का आंसर आ रहा है क्वेश्चन 22 देखिएगा फटाफट तेजी से आप लोग आंसर देना प्रयास किएगा चूज द करेक्ट सेंटेंस बताइएगा देखिए आपको तीन से चार सेकंड का समय दे रहे हैं और आप लोग जल्दी बताइएगा बहुत ही बढ़िया क्या बात है चलिए बहुत ही अज्जत चलिए चंची शर्मा सुनीता कुमारी अली शाह कुमार सुनीता कुमारी बहुत ही बढ़िया टिंकू सन्नी यादव नासरा एस संदीप यादव चलिए बहुत ही बढ़िया क्या बात है

सब बच्चों का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है अगर करेक्ट सेंटेंस की बात करें इसका यहाँ है तो बिल्कुल आप लोग बता रहे हैं कि सर ऑप्शन बी होगा कुछ बच्चे सी बता रहे हैं तो देखिए, ही गिव मी गुड एडवाइस ये बिल्कुल ये भी गलत है ठीक है, है परफेक्ट होगा ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बैड यानी क्या होता है बुरा होता है बुरा का उल्टा क्या होता है एंटो नेमता विलोम शब्द बताना है हम लोग बचपन से पढ़ के आचपन से क्या आते हैं और आप लोगों को बैड का क्या होगा

ख़राब होता बैट बॉल खराब होगा हो तो खराब का उल्टा क्या होगा अच्छा होगा तो गुड हो जाएगा इसका good, इसका वेरी गुड होगा और बाय लगेगा ऑफ लगेगा इन लगेगा इन टू लगेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है जो भी बच्चा

यानी जो भी बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही बढ़िया क्या बात है स्क्रीन पर नॉट से क्या नहीं है, नहीं, नहीं है नहीं, नहीं आपको यहाँ क्या लगेगा विथ लगेगा बाय लगेगा ऑन लगेगा इन लगेगा जैसे हम आप लोगों के स्टडी से क्या नहीं है सेटिस्फाइड नहीं है कुछ बच्चे खूब मेहनत नहीं भी करते हैं ठीक है तो चलिए कोई बात नहीं है सब बच्चे की बात नहीं कर रहे काफी बच्चे जो है मेहनत अच्छे से कर रहे हैं चलिए

और कुछ बच्चे तो सिर्फ दिखाओना के लिए फोन लेके बैठ जाते हैं और वो शॉर्ट्स सभी जो है आगे है पता है कि शॉर्ट्स में बच्चों जब भी जबकि हम लोग अगर कभी कभी अगर चल जाते शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए तो पता चला कि मेरा भी समय भी वेस्ट हो जाता है तो आप सोचो कि आप लोग अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं जब हम लोग जो है बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते कभी अगर कुछ अगर देखना शुरू किए तो एकदम लग जाता है दो तीन घंटा वैसे ही वेस्ट हो जाता है तो वो आप लोगों के साथ ऑब्वियसली यानी होना ही तो इसलिए आप लोग जो है ज्यादा फोन से दूर रहा कीजिए ठीक है जैसे क्लास का टाइमिंग है उस टाइम सिर्फ आप लोग यूज कीजिए तो बेहतर रहेगा ठीक है ये आपके लिए हम एडवाइस कर आपको चलिए

तो बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट विथ योर स्टडी यानी इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपको करेक्ट प्रिपोजिशन बताना इन लगेगा ऑफ लगेगा इन टू लगेंगे विथ लगेंगे चलिए लाजवाब आंसर बहुत ही बढ़िया क्या बात है अरविंद कुमार जी क्या बात है हंस काफी रहे यसर यसर क्या बात है? बहुत बढ़िया

सर आप सब सबके दिल के बात बोल देते अरे यार दिल की बात मतलब अरे हम भी इस पीरियड से होके गुजरे हैं ना ऐसा थोड़ी है कि हम मतलब उड़ के आ गए हैं मैं भी पता है यार ऐसा थोड़ी होता है तो देखिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए ठीक है चलिए लाजवाब आंसर बहुत ही बढ़िया 26 का चलिए बहुत ही बढ़िया क्या बात है जो भी बच्चे आप लोगों आंसर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आ रहा आप लोग बता रहे सर ऑफ लगेगा ऑफ हज हेल्थ चलिए बिल्कुल ऑफ लगे यहाँ भी जो भी बच्चे बता रहे हैं ऑफ लगेगा

ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन चुज करेगा सब बच्चों का समय समाप्त होता है यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ नो आर्टिकल आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन हाँ इंजीनियर चूज दे आपको करेक्ट आर्टिकल यूज करना आपको ए लगेगा एन लगेगा दगेंगे नो आर्टिकल ट्वेंटी एट का

चलिए देखिए यहाँ जो आर्टिकल यूज होंगे तो देखिए यहाँ आपका क्या है हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं ए आई ई ओ यू या -E. इससे जो है उससे मतलब उससे अगर ये रह जाएंगे अगर तो उससे पहले क्या लगता है एन का यूज इस्तेमाल किया जाता है ठीक है कॉन्सुडेंस एंड भोवेल पढ़े होंगे आप लोग तो भोवेल के साथ हमेशा सा क्या लगते हैं एन लगते हैं ये आपको पता होगा तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएंगे एकदम बच्चे वाला आप लोग को तरीका से बता रहा है ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया जब अगर कॉन्सुडेंस रहेंगे यहाँ तो यहाँ क्या ए लगता है लेकिन यहाँ क्या है

है तो इसलिए क्या लगेगा एन लगेगा चलिए क्वेश्चन आपके वेरी uh, uh, गुड लगेगा, लगेगा, लगेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है में में this, uh, आप लोग का ये बिल्कुल राइट right आंसर हो जाएंगे क्या बात है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे थर्टी नंबर क्वेश्चन यू डेज डेज पे योर टैक्से

चूज दे आपको और बेस्ट ऑब्जर्लिव और आपको बताना माइट लगेगा, मे लगेंगे, लगेंगे तो बताइए इसका नंबर क्वेश्चन का प्रियंका नाव मी कॉलो चेंज इंट इन, मतलब इंटू पेसिव बनाना आपको ठीक है तो देखिये प्रियंका नाव मी विल तो आपका आंसर आपका आई एम ना

टू यानी यानी ऑप्शन आप लोग का अभी बिल्कुल राइट आंसर हो, तो हो जाएंगे जो ही बच्चा आप लोग ऑप्शन ए बता रहा है आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर थर्टी थ्री दिनो नेम ऑफ हरमित तो बताइए आपको है इसका बताना आपको हरमित

तो यानि रोबर होगा या थीफ हो जाएंगे या आपका आपका हो हो जाएंगे हो जाएंगे तो जल्दी बताइए uh, तो इन, तेजी से आप लोग बहुत ही बढ़िया क्या बात है

लाजवाब आंसर बहुत ही बढ़िया तैयारी तो परफेक्ट, तो परफेक्ट है एंड सेट दे सी वॉन्टेड टू गो टू जयपुर का बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के

tomorrow. tomorrow. choose correct indirect indirect narration narration dear Hina Hina says says to to me me me me if he he should should see see there there that the next day. answer answer right ठीक है तो सॉरी ये नहीं होगा इसका सॉरी

तो इसका आंसर की अगर बात करें तो यहाँ आपका बी भी नहीं होगा तो इसका कौन सा होगा बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर बताएंगे और आप लोगों का भी बताना। इसका कौन सा होगा चलिए तेजी से बताइएगा चले लाजवाब आंसर तो इसका करेक्ट सेंटेंस की बात करें तो आई है होमवर्क टू डे टू टू डू

तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है इसका करेक्ट सेंटेंस यानी कौन सा होगा चलिए डॉक्टर स्नेहा इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर चलिए डॉक्टर स्नेहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर चलिए जल्दी बताएंगे डॉक्टर स्नेहा इज आज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या आपका डॉक्टर सिन्हा इज एनि सम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर चलिए डॉक्टर सिन्हा इज समूनिवर्सिटी मतलब होगा या क्या होगा

चलिए थर्टी सेवन का आप लोग बताएंगे देखिए यहाँ डॉक्टर सिन्हा इज अवर्सिटी प्रोफेसर यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन देखेगा आई रीड आई रीड लेटर लेटर डे मीन यानी आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा थर्टी एट का चलिए बहुत ही लाजवाब आंसर बहुत परफेक्ट आंसर सही बच्चों का यानी इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा इसका आंसर बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी ठीक है चलिए क्या बताया चूज के आपको करेक्ट यानी स्पेल्ड वर्ड बताना है जो है आपको नाइनटी का आपका कौन सा स्पेलिंग जो है सही है आपको ये बताना है

चलिए जल्दी बताइए बहुत बच्चा वाला सवाल पूछा आपको एकदम सभी बच्चों का गर्दा उड़ा देना है ठीक है चलिए लाजवाब आंसर बहुत बढ़िया क्या बात है तो इसका नाइनटी बताओं -E -E -E बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते है वन हुन एंड बिलीव इन फैट कॉल्ड आपको बताना क्या होगा इसका आंसर चलिए जल्दी बताएंगे क्या होगा आंसर चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है तेजी से बताइए

चलिए बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है सब बच्चों का आंसर तो बिल्कुल इसका आप क्या हो जाएगा चले लाजवाब आंसर सब बच्चे बता रहे सी होगा कुछ बच्चे डी बता रहे हैं चले बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे पटालीस का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे आपको करेक्ट सेंटेंस बताना इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा ठीक है चलिए

करेक्ट तो सेंटेंस की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा जूनियर नीड एडवाइस फ्रॉम देयर बॉस नाउ एंड आपको जूनियर इम्प्लॉयज नीड एन एंडवाइस फ्रॉम देयर बॉस नो एंड का हो जाएंगे फोर्टी वन का चले बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्लासिकल म्यूजिक आपको बताना चूज दे आपको बेस्ट ऑप्शन क्या होगा डू नॉट लगेगा डॉज नॉट लगेंगे

तो यहाँ आपको जो है कौन सा लगेगा चूज द आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा यूज होगा 42 का चलिए ला जवाब आंसर सभी बच्चों का तो देखिए इसका आंसर जो लगेंगे डू नॉट लगेंगे डू नॉट लाइक इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डू नॉट लाइक यानी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट right आंसर हो जाएंगे डू नॉट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वी वाज ऑफ यानी क्या लगेगा चूज द आपको बेस्ट यूज करना आपको ठीक है तो बताइए फ्रॉम क्या यूज होगा स्टिल होगा स्टॉल होंगे या स्टॉल होगा तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा फोर्टी का

चलिए तो इसका आंसर आपका स्पेलिंग यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चलिए 44 का देखिएगा दे आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको ठीक है प्रोसिड का आपको बताना है तो प्रोसीड का आप, क्या कौन सा स्पेलिंग इसका सही है करेक्ट आपको बताना फोर्टी फोर का तो देखिये यहाँ यानी पी आर ओ सी ई डी बिल्कुल गलत है ये भी गलत है पी आर ओ सी डबल ई डी ये भी गलत है ठीक है प्रोसिड यानी प्रोसिड का जो है पी आर ओ सी डबल ई डी प्रोसीड यानी ये जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन फाइव

दे आपको आपका बताना, है, आपको बताना है, जो है कौन सा जो है चलिए यह भी गलती है आर ई एम ई आई एन एस ये भी गलती है ठीक है आर ई एम ई यू एन एस ये भी गलती है ठीक है चलिए देखेंगे आर आई -E एम यू -E एन एस ये भी गलती है बिल्कुल ठीक -E है चलिए ये जो होगा ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है फोर्टी फाइव का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे आर ई एम ए आई एन एस

यानी ऑप्शन आप का डी बिल्कुल राइट right आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन है 46. He said something I did not hear. चले, तो चले लाजवाब आंसर, तो आंसर, uh, he right आंसर सभी बच्चों का चले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फोर्टी ठीक है

Smallpox has been eradicated uh, uh, India चलिए बिल्कुल आप बताना आपको ठीक है तो फोर्टी सेवन का आप लोग को बताना answer क्या हो जाएगा चलिए लाजवाब answer बहुत ही बढ़िया क्या बात है सर यहाँ from लगेंगे सर बिल्कुल from बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जो ही बच्चा आप लोग फॉर्म बता रहे हैं बिल्कुल सही है ठीक है

बताइए 48 नंबर क्वेश्चन किलो डेस राइस यू चलिए बताएंगे द बताना इसका जो होगा ऑफ लगेगा फोर लगेंगे ऑन लगेगा तो 48 का आपको बताया मेरे दोस्त बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल ऑफ बता रहे हैं बिल्कुल आप सब बच्चों का ऑफ राइट आंसर हो जाएंगे 49 एनी बनाना है। इसका कौन सा हो जाएगा चलिए लास्ट जवाब आंसर ठीक है

बिल्कुल इसका आंसर आप लोग बता रहे सर सी होगा जो भी बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है द रूम वॉज नॉट क्लीड यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चले क्वेश्चन लास्ट देखेंगे बनाना, आपको क्या इस्तेमाल होगा एक्टिव वाइस जो है कौन सा होगा ठीक है लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर आपको चूज देंज करना है

चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यानी आप लोगों का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे तो डिस्ट्रेन आपको 50 ऐसे क्वेश्चन अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम कवर कराए जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पंद आया होगा पसंद आया तो एक लाइक करके जमकर के अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसे आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प होंगे चले गाइस क्योंकि आपके डिमांड पर आज का क्लास लेकर क्या है तो आपकी रिस्पॉन्बिलिटी के आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए तो चले गाइस आज के क्लास को हम लोग यहीं तक इन करते हैं जय हिंद जवारा